ये क्या बाबूजी? फिर प्याज और रोटी सब्जी दाल खाना तो कई दिनों से भूल ही आप कई दिनों से आप चटनी रोटी ही खा रहे हैं कहते चादर है, जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतनी फैलाने चाहिए मगर मेरी तो चादर ही छिन गई है मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूँ ये चटनी रोटी भी मैं अगले जन्म से कर्ज लेकर खा रहा हूं मुझे अफसोस ये है कि आत्माराम राम को यह बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गईं औलाद का आशियाना उछड़ गया